लाओ हम भी बैठे हुए गाड़ी पर अरे साला बहुत खटारा गाड़ी हो अरे साला खतारा है तो, तो, तो तोरा सा मांग ले रे रहे अभी धनतेस में केटीएम लेटीएम के फूल फोन जाने के